आपको पता ही होगा ताज की एक गड्डी में बावन पत्ते होते हैं और जिनमें से चार राजा होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें से तीन राजाओं की मूँछ होती है लेकिन एक राजा की मूँछ नहीं होती और वह है किंग ऑफ आर्ट यानी कि पान का पत्ता दरअसल ब्रिटिश न्यूज़पेपर द दर गार्जिन के अनुसार शुरू में इस राजा की मूँछ होती थी लेकिन एक बार जब कार्ड्स को दोबारा रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूँछ बनाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हार्ट बिना मूस वाला राजा हो गया गाइस क्या आपको इससे पहले ये अमेजिंग फैक्ट पता था यदि नहीं पता था एक कमेंट तो जरूरी करें और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें